मुझे तो चारों तरफ युवा ही युवा नजर आ रहे है और आपसे ज्यादा युवा कौन हो सकता है दिल्ली से चल के यहाँ तक आ रहे हैं। एक, तू सच्चा तेरा नाम सच्चा पांच मई, बहुत ही विशेष है। क्यों है क्यों है नाम महत्वपूर्ण? आइए हम अपनी शास आपको वो तमाम बातें बताने की कोशिश करेंगे कि इतना विशेष और महत्वपूर्ण क्यों है। आप मेरे पीछे इन को इन तस्वीरों तस्वीरों को को देखिए, देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं मुझे शब्दों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और आप खुद महसूस करेंगे कि आप इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ जान पाएंगे समझ पाएंगे नमस्ते दोस्तों में आपका साथी जसवीर सिंह जैसी और आज इस वक्त हम जिला बिजनौर के फुलसंदा गांव में मौजूद हैं और लेकर सतपुरुष बाबा के समक्ष उनके सामने आपसे कुछ पूछे हुए सवाल जो मैंने आपसे पूछे कैमरे के पीछे उन सवालों को मैं बाबा तक लेकर आया हूँ उम्मीद करूंगा इन तमाम सवाल के जवाब बाबा आपके सामने इस कैमरे के सामने ताकि आपके मन में जो और बाबा जी ने मंडल ऐसी सुने समझे उसका असली विशेष महत्व तो क्या है पांच मई की अहमियत तो क्या है और क्यों आज हम इस आश्रम में मौजूद है बाबा जी सबसे सबसे पहले पहले बहुत बहुत प्रणाम आपको। बाबा जी मैं कहना आपके पीछे लोग मानते हैं गुरु की नहीं मानते आप इस बात को जानते हैं इस संदेश को को गुरु गुरु तो साथ साथ गुरु की भी तीन तरह के शिष्य होते उत्तम मध्यम अदम चाहे वो शिष्य भगवान शिव के हों नंदेश्वर हो नंदीश्वर हो, के आज्ञाकारी शिष्य महादेव ने एक बार उनको कुछ कह दिया तो जीवन भर दोबारा कुछ कहने की उनको आवश्यकता नहीं महादेव के ही एक शिष्य हैं श्रृंगी श्रृंगी वो शृंगी बार बार महादेव से कहते महादेव इस आश्रम में मेरा मन नहीं लगता मैं तो तपस्या करूंगा शिव कहते अरे तुझको गुरु के दर्शन हो रहे हैं परम ब्रह्म का तुम लोग सिमरन कर रहे हो और कौन सा तप तुम्हें करना है कुछ दिन बीतते फिर कहता मुझे तप करना शिव ने देखा इसकी बुद्धि विचलित हो रही है बोले जा तप करके आ। वहां से चले गए वो श्रंगी और बहुत दूर आगे एक नदी के किनारे एक वृक्ष जो खोखला था अंदर से उसमें बैठ गए एक आध बैठे होंगे गांव की एक स्त्री वहां आने लगी महाराज महाराज महाराज मैं बड़ी दुखी हूं मैं विधवा हूं मैं परेशान हूं भोजन लाने लगी और कुछ लाने लगे और कुछ खोते होते क्या हुआ उनका आकर्षण हुआ उससे विवाह कर लिया बच्चे पैदा हो गए और बरसों बीत गए किसान बन गया पत्नी ने कहा ये बाबा जी बनने से काम नहीं चलेगा हल लाओ बैल लाओ खेत जोतो बालकों को पालो बोले ठीक है किसान किसान बन गया शिव को याद आया कई बरस बाद में वो था शरंगी कहा है देखा तो एक किसान हल जोत रहा है बोले ओफो ये तप करना था इसको हैं जो मन की वासनाएं हैं कामनाएं हैं वो हैं उन्होंने अपनी योग माया से नदी बहती थी वहां उसमें बाढ़ आ गई सारे बच्चे बह गए बैल बह गए हल बह गया खुद बैठा है अकेला पत्नी भी बह गई हाय महादेव मैं लुट गया मैं लुट गया मैं लुट गया, मैं लुट गया, मैं लुट गया। महादेव आए एक थप्पड़ मारा उसके तू क्या लुट गया तेरा तू तो तपसी तो तो तो है तू तो तप तो तो तो करने कर आया था तुझे तो सौ बार कहा इस आश्रम में पड़ रही हाँ, तप कर ले हैं है? तो तब थोड़ी करना था उसे अपने मन की तृषणा को पूरा करना था ऐसे शिष्य होते हैं है? क्या बात नहीं मानते जो उनके मन में बबूले उठते हैं ना उनके पीछे उड़ जाते हैं बस इतने बाबा जी आपने एक बात का जिक्र किया उस बात से मैंने एक बात तो समझी कि ग्रस्त जीवन में अगर कोई मनुष्य पड़ा हुआ है मैं जहां तक समझ पाया हूँ यहाँ पे जितनी भी माताएं बहनें युवा साथी वृद्ध बुजुर्ग जो भी सहयोगी बैठे हुए हैं अनुयायी आपके बैठे हुए हैं सभी कहीं ना कहीं से ग्रस्त जीवन से ग्रसित हैं जी भी रहे हैं आपके अनुयायी भी है अगर इसमें रहकर वो सरल सुगम रास्ते पे आगे बढ़ पाए इसके लिए क्या संदेश संसार में निन्यानवे प्रतिशत लोग ग्रस्त ही हैं है? महानगरों में रह रहे हैं आप देखो वे कितने बड़े सन्यासी हैं एक एक व्यक्ति को देखो है? सन्यास, योग ईश्वर आराधना यह है मन का विषय ना ग्रस्त का न विरक्त का है लोहे का स्पर्श पारस से हो गया है तो वो स्वर्ण बन जाता है उसको कहीं कूड़े कबाड़ पे डाल दो तो भी सोना है ग्रस्त हो जाओ तो भी आत्मा में प्रकाश है ग्रस्त ना रहो तो भी प्रकाश है, है? और जब हमारा स्वभाव कव वो जैसा है तो हम चाहे दिल्ली में रहें या नैनीताल में रहें चाहे किसी ग्राम में रहे सारा परिवर्तन जो करना होता है वो मन का करना होता है विचारों का करना तो उसी में हमें बहुत जन्म लग जाते हैं बहुत जनम लग जाते, जाते सीएम है योगी जी हैं सन्यासी हैं, सन्यासी भी हैं राजा भी, मोदी जी हैं विवाह उनका हुआ है लेकिन वो भी एज ए संयासी योगी है। ऐसे लोग होने चाहिए जो ईश्वर में भी एक निष्ठ है और अपने कर्तव्यों के लिए अपने राष्ट्र के लिए एक एक नागरिक के लिए कर्तव्य से भरे हुए। इन लोगों को हम साधु साधक योगी ऋषि मुनि आदि कह सकते हैं। बाबा जी जितने भी आपके अनुयायी हैं यहां पर साक्षात रहकर उन्होंने आपकी बातों को समझा ग्रहण किया महसूस किया और शायद आने वाले वक्त में अपनी आने वाली जनरेशन को भी बताएंगे और जो इनके, इनके नेबर पड़ोसी रहते हैं उन तक भी आपके वचन को पहुंचाएंगे लेकिन जो लोग आपके आश्रम में नहीं आए या जो लोग नहीं जानते इन तमाम बातों को उन तक अपना संदेश इस वीडियो के माध्यम से कैसे पहुंचा संदेश सबको जा रहा है बत्तीस तैतीस वर्षों से चालीस वर्षों से हम अपने साथियों के साथ गांव-गांव, शहर शहर गली गली गलीश्वर आराधना मानव सेवा राष्ट्र सेवा का संदेश पहुंचा रहे हैं। और यही है कि हम समझें कि इस जगत का सृष्टा एक।, एक ही एक ही स्थान से हम सब आत्माएं सितारों के रूप में आई हैं एक, एक सितारा बिल्ली के अंदर चला गया तो वो बिल्ली बन गया एक सितारा बैल के अंदर चला गया वो बैल बन गया एक सितारा सांप के अंदर चला गया वो सांप बन गया है सितारा सितारा यानी आत्मा ऐसे ही मनुष्य शरीर में भी सांप जैसे लोग भी मिलेंगे शरीर है मिलें। मनुष्य का और हैं सांप जैसे पेल जैसे है पिल्ली जैसे है उल्लू जैसे है तोते जैसे कहने का अर्थ यह है कि हम उस ज्योति, उस ज्ञान को ईश्वर ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करें। जो आदमी कोशिश करता है वो प्राप्त भी कर देता है बाबा जी आपसे समझना चाहूंगा आज के खास कार्यक्रम के विषय के ऊपर पांच मई प्रकाश पर्व या प्रलोक यात्रा किसके नाम से जाना जा रहा है और इस संदेश को पहुंचाने के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं 5 मई की रात्रि में मृत्यु के देवता हमको शरीर से निकाल के आत्मा को परलोक में नरक स्वर्ग पितृलोक असंख्य असंख्य लोकों में वो ले गए और जिसको हम परमात्मा परम ब्रह्म कहते हैं उसके सामने भी वो हमें ले गए संदेश ये थे थे है शुभ कर्म करने से यदि अपने जीवन में हम पुण्य कर्म करते हैं शुभ कर्म करते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाने के कार्य करते हैं, हुँ? ये बहुत बड़ी बात है सुख पहुंचाना हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं दूसरों को प्राप्त नहीं कराना चाहते पत्नी चाहते मैं सुखी हो जाऊं पति चाहता है मैं सुखी हो जाऊं किसान चाहते हैं हम सुखी हो जाएं, व्यापारी चाहते हैं हम सुखी हो जाएं, नेता चाहते हैं हम सुखी हो जाएं, हम मैं मैं से ऊपर उठ के जब हम दूसरों को देखते हमारे पिता कैसे दुख से बचे हमारे भाई कैसे दुख से बचें हमारे देशवासी देशवासी क्या पृथ्वी पर रहने वाले पृथ्वी पर क्या जो नरक में भी पड़े हैं इस विश्व ब्रह्मांड के जो आत्माएं हैं वे कैसे दुख से बचें जब ये बात हमारे भीतर आती है तो हम ईश्वर के निकटता की तरफ जाते हैं अपने लिए सब सोचते हैं और अपनी तरफ को सोचना स्वागत कहलाता है जब हम दूसरों के विषय में सोचने लगते हैं, उनके दुखों को कैसे दूर करें उनके जीवन में जो विश्व है उस को कैसे अमृत में बदलें, जब इसके लिए हम केवल सोचने नहीं, सोचना और उपाय करने लगते हैं, तो हम शिव बन जाते हैं। बाबा जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारे देश को जो है युवाओं का देश कहा जाता है और सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है लेकिन इस महोत्सव में इस महापर्व में इस कार्यक्रम में युवाओं की संख्या ही सबसे कम है अगर हम युवाओं तक अपना संदेश पहुंचा पाए तो हमारे देश के लिए देश हित के लिए समाज हित के लिए सबसे अहम होगा अगर मैं गलत हूं तो इसे भी आप बता सकते हैं। मुझे तो चाहता तो तो तो तो ही युवा न ज़्यादा रहे <laughs> और आपसे ज्यादा युवा कौन हो सकता है दिल्ली से चल के यहाँ तक आ रहे हैं हमारे यहाँ नवयुवक युवक का देख जो वृद्ध है ना हम उनको भी वृद्ध नहीं कहते जैसे फौज में सब जवान कहे जाते हैं ये फौज के जवान है ऐसे ही गुरु की संगत में हर एक व्यक्ति नवयुवक। युवक हाँ बस नवयुवकों के लिए हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा सब बहुत अच्छे है जो हमारी संगत से बाहर हैं भारत वर्ष में और कहीं हैं जो नशा कर रहे हैं वे नशा ना करें है? बीड़ी सिगरेट शराब इन चीजों में व्यस्त में ना पड़े कर्म ना करें क्यों आदमी का दिमाग जब डिसमिस होगा गलत होगा तो वो काम भी गलत करेगा ये हमारा नवयुवकों को संदेश है और हमारे यहाँ तो सब नवयुवक ही बाबा जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो इससे पहले जहां से मैं निकला यहाँ आने के लिए तो वो भी माता बहने घर में दो महिलाएं थी किसी बाबा जी से गुरु जी से जुड़ी हुई थी किसी सत्संग में क्योंकि उन्होंने जिक्र किया था जहाँ सत्य का संग वही सत्संग लेकिन हुआ क्या मैंने ये देखा कि कुछ काम था उनके ग्रस्त जीवन में तो अपने पति और अपनों बच्चों का काम छोड़कर वो भागी भागी सत्संग सत्संग में शामिल होना है घर का काम गया भाड़ में इसके पीछे के कारण क्या है? क्या है है ये सही संदेश थोड़ा इसके बारे में अहम चर्चा देखिए घर का काम तो हमारी माताएं बहनें रोज करती हैं हमेशा करती हैं और करती रहते हैं लेकिन कोई अवसर विशेष ऐसा आता है बहुत से हमारी माताएं हैं बहने हैं और हमारे देवता हैं जो हमारे संगत में हैं पुरुष वर्ग उनको हम देवता बोलते हैं क्योंकि हम उनको देव पुरुष मानते हैं हम उनमें उस परम ब्रह्म उस परम देव को ही देखते हैं और माताओं में भी उसी ईश्वरीय आभा को हम देखते हैं तो जहां तक बात है जैसे विशेष पर्व है पांच मई है तो कितने लोग पैदल चल के आए हैं हमारे यहाँ पदयात्रा इसमें विशेष माने जाती है कुछ मुरादाबाद से आते हैं कुछ और कहीं से आते हैं कुछ साइकिल से आ रहे हैं हापोड़ से और पीछे तो साइकिल से पति पत्नी दोनों आए थे अमृतसर से तो ये एक महोत्सव जैसा है और कार्य तो सब अपना अपना करते ही है रोज माताओं को भी भोजन बनाना है अतिथियों को खिलाना है घर में सबकी डांट भारतवर्ष, ऐसी कल्पना का जिक्र किया जा रहा है आप राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं किस तरह का राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं और किस तरह से किस सोच के साथ थोड़ा स्पर्श प्रकाश आना चाहिए देखे हिंदू तो आदिकाल से ही है ही जो पहले से ही बना हुआ है उसको बनाने की और जरूरत कुछ नहीं है भारतवर्ष वर्त है आर्य वर्त है आर्यो की भूमि है बस ये है हमारे आंखों पे, दिमाग पे थोड़ी सी धूल जम गई है उसको साफ करने की जरूरत है। अपनी आंखों को अपने विचारों को और ये तो पहले से ही देवताओं का देश है हमारे जितने भी संगत है पुरुष हैं युवक हैं वे सब देव पुत्र हैं ईश्वर पुत्र हैं हम ऐसा मानते हैं तो इसमें कोई नई परिकल्पना नहीं है जो हमारे महापुरुषों की सोच रही मूल्य रहे हैं सत्य आचरण ब्रह्मचर्य चरित्र की उच्चता है ये सारी बात बाबा जी एक अहम सवाल जो राजनीति है जो राजनेता है राजनीति करते हैं क्या वो सही राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हमारी दृष्टि में तो योगी है और मोदी हैं और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी जो आज कुछ बोल रहे हैं एक घंटे बाद में कुछ बोल रहे हैं आगे कुछ बोलने मुंह देख के बात कर रहे हैं वे इस भारत माता के पुत्र हैं ही नहीं वे तो राक्षसी किसी लोक से आकर गिर गए और जैसे उनके दिमाग में आता है कर रहे, देखो हमेशा किसी को इस धरती पे रहना नहीं यमराज अपनी गदा लिए तैयार खड़ा है किसी के कमर में मारेगा किसी की टांग तोड़ेगा किसी के दांत उखाड़ देगा ये चल रहा है हो रहा है जो सही चलते हैं उन्हीं के लिए आगे जीवन भी भविष्य भी उज्जवल होता है चाहे नेताओं चाहे जनता हो और जनता में से ही नेता बनते हैं हमारे जनता के चरित्र खराब होगा सोच खराब होगी देश कैसे अच्छा बने है। जो आध्यात्म है स्पिरिचुअलिटी है वो कितनी अहम कितनी जरूरी है देश हित समाज हित या मानव हित के लिए आप देखे जब सूर्य उदय होता है तो पंची भी बोलते हैं छी भी उस परमात्मा का नाम लेते हैं। आध्यात्म का मतलब है अपनी आत्मा की बात को सुनना आत्मा के प्रकाश में बैठ के उस परम ब्रह्म से अपने मन की बात कहना प्रेम की बात कहना और यह तो हर एक मनुष्य के अंदर है मेरे विचार से हर एक मनुष्य ही इस पृथ्वी पर रहने वाला आध्यात्मिक है। बाबा जी आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना इस इस आश्रम में साल में साल कितने विशेष कार्यक्रम होते हैं जिससे कि वीडियो के माध्यम से आपके साक्षात्कार के माध्यम से आपके अनुयाई या फिर जो बनना चाहते हैं आपको फॉलो करना चाहते हैं वो जान सके समझ सके उन्हें मौका मिले तो वहां शरीक हो सके आ सके हमारे यहाँ सत्संग है उत्सव है रविवार में आ आई गुरु पूजा का पर्व होता है उसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है इस तरह से बैठ के बात नहीं कर सकते जैसे इस समय करना है और ये पांच मई होता है और कांवड़ सेवा जो चलती है तो पांच छह दिन रात दिन रात दिन हमारे जो देवगण हैं, देवताएं, माताएं हैं, माता हैं बेचारी सेवा में लगी रहती है तो ये कुछ हैं, हैं। आते हैं। फिर एक 19 अगस्त में होता है जो संगत हमारा जन्मदिन मनाती तो इस तरह से ये बाबा जी इस वक्त यहाँ पर बैठे तमाम अनुयायियों को और पूरे राष्ट्र को अगर एक अहम संदेश आप देना चाहें तो क्या होने वाले मेरे राष्ट्र का हर व्यक्ति आत्मा से तपस्वी और शरीर से एक मजबूत सैनिक बने जो अपने धर्म की अपने राष्ट्र की सेवा कर सके रक्षा कर सके ये हमारा संदेश और जो एक अहम स्लोगन है जो सभी लोग कहते हैं इन कानों को सुनाई देता है अगर आप अपने मुखार से कह दें और अनुयाई भी उसका अनुसरण करें तो शायद ये बहुत ज्यादा अच्छा देखिये जो सुन रहे हैं आप समझते हैं ना सुनना और ना सुनना कान सुनते हैं आत्मा नहीं सुनती मानने के लिए नहीं सुन रहे हैं। सुन रहे हैं हमारे यहां निन्यानवे प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो श्रद्धे से आत्मा से जुड़े हुए हैं और सुनने वाले हैं मानने वाले हैं करने वाले हैं अधिकांश और जी बहुत शुक्रिया बाबा जी बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद हम और धन्यवाद हम आप सभी लोगों का भी तमाम माताओं बहनों का तमाम युवाओं का जो कि गुरु जी ने खुद अपने मुखारबिंदु से बोला कि आप तमाम युवा हैं और देश हित में राष्ट्र हित में अपने अपने अहम रोल को अदा कर रहे हैं योगदान कर रहे हैं तो इस आश्रम में आने की इंटेंशन ये थी यहां पर गुरु वाणी सुनी जाए गुरु के वचनों को श्रवण किया जाए उसकी भव्यता सौम्यता सरलता दिव्यता सुंदरता का अनुभव किया जा सके यकीन मानिए जब आप कहीं पहुंचते हैं मौजूद होते हैं तो उसका अनुभव तभी आप फील कर सकते हैं क्योंकि साक्षात आपको कहीं जाना होता है और कहीं जाना है तो कुछ छोड़ वहां आना होता है मुझे विदा दीजिए इजाजत दीजिए लेकिन अगले अहम इंटरव्यू में एक बार फिर से सतपुरुष बाबा फुल संदेह वालों की एक अहम खबर लेकर आऊंगा जानकारी लेकर आऊंगा संदेश लेकर आऊंगा और ऐसा संदेश लेकर आऊंगा जिसे श्रवण करने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है अगर हो सकता है तो उसमें शामिल हम क्यों नहीं हो सकते नमस्कार